दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे पेफ अर्जुन जीरो नई रेसिपी लेके आया हूं मैं हरा भरा कबाब हरा भरा आप इसे आईटी में यूज कर सकते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में स्नैक्स के तौर पर आपको दिखा देता हूँ किस कि बनता है दिखा देता हूँ ठीक है आप देखिए एक बार और घर पर जरूर ट्राई करें हरा भरा कबाब की रेसिपी हम सबसे पहले इसमें दो आलू उसके बाद पनीर उसका हरे मटर मिक्स वेजिटेबल्स उसके बाद आप डालेंगे जीरा होल उसके बाद आपके लहसुन उसके अदरक हरी मिर्च किचंग पाउडर जीरा पाउडर गरम मसाला इसके बाद आपका धनिया पाउडर धनिया पाउडर के बाद स्वाद अनुसार नमक आपका पालक पेस्ट उसके बाद धनिया उसके बाद काजू उसके बाद आपका ब्रेड क्राम मैदा और कंट्राउड ये तो इसकी रेसिपी होगी आप इसे हम किस तरीके से बनाते हैं किस तरीके से इसे मैश करते हैं एक से दो चम्मच जीरा होल उसके बाद लीजिए इसमें हरी मिर्च चौप आप लहसुन चॉप एक से दो चम्मच उसके बाद अदरक चॉप, उसका डालेंगे हम इसमें जो हमने आलू ग्रेट हुए थे वो डाल दिए हमने इसमें एक से दो आलू और आपके मिक्स वेज डालेंगे हम इसमें हरे मटर जो हमने चॉप किए थे इसे हम अच्छे से जब तक इसका पानी सूख ना जाए डालेंगे तो हम इसमें पालक पेस्ट अब इसे अच्छे से पका लेंगे तो इसका डालने मसाले इस अनुसार आपका नमक क्या डालेंगे इसमें धनिया पाउडर टेस्ट अनुसार उसका डालेंगे हम इसमें आपका गरम मसाला पाउडर से दो चम्मच उसके बाद किचन किंग पाउडर एक चम्मच उसके बाद जीरा पाउडर आपका एक चम्मच ये सबने मसाला डाल चुके हैं इसमें हमारे सारे सारे वेजिटेबल मैश हो गए जब हमने वेजिटेबल डाली थी मसलन पक के रेडी हो चुकी है अभी से हम डालेंगे हल्के से छोटे बॉल लेंगे इसका इसमें इसका हम मिक्स करके तो हम बॉल में डाल चुके हैं इसे अभी से हम पाँच से दस मिनट इसे ठंडा होने के लगते हैं जब तक ठंडा नहीं होता तो हमारा हरा हरा कबाब ठंडा हो चुका है ठीक है अभी से हम डालेंगे देखो ठंडा होने के बाद हम इसमें डालेंगे ठीक है सौ ग्राम पनीर डाल दिए हमने इसमें डालेंगे इसमें क्या काम जब इसमें काम। करेगा? ये पानी पानी छोड़ेगा इसमें इसमें, इसमें छोड़ रखा है सुखा देगा डाल दिया हमने आपका एक से दो चम्मच गंक्रौ। का काम किया इसमें पेस्ट्री बन करेगा इसे कंट्रोल और मैदा जो तो सारा मिक्सचर है उसे चिपकाएगा आपका वेजिटेबल्स हैं ये जो हमने चॉप करके रखे हैं ये फटेगा नहीं आपका मेरे से और कंट्रोल इसमें काम करेगा जो क्रिस्प बनाएगा आपका रबरा कबा रेडी है अब इसमें चॉप जो हमने काजू चॉप करके रखे थे ये। हमने 10 काजू चॉप करके रखे थे इसमें आप चाहें अपनी इच्छा से जितना कर सकते हैं आप चाहें इसमें बादाम डाल सकते हैं तो उसके बाद हम डालीजिए इसमें धनिया आपका चॉप धनिया जो हमने कर रखते हैं चॉप धन डाल दिया इसमें तो हमारा हरा भरा कबाब रेडी हो गया अब हम इसकी टिक् टाइप बनाएंगे छोटी छोटी टिक्किया 10 से 15 ग्राम के या 20 ग्राम का पीस हम टिक् बीस का रेडी हो चुका है टिक् बनाने के बाद इसे फ्राई करेंगे ये इस टाइप के बनाने बॉयल टाइप के बॉयल टाइप के बनाने के बाद हम इसे घुमा देंगे हल्के हाथों से ये ये हमारे हरा भरा कबाब की टिक्किया बन चुकी देखो आप चाहे अगर आपसे मैक्स नहीं हो रहा है या अच्छे ढंग से नहीं बन रहा है अच्छे बदल से नहीं रहा, आप हल्का सा इसमें मैदा लगा सकते हैं से इससे क्या होगा तो सूखा पन आएगा आप अच्छे से बना सकते हैं को तो हमारा कबाब रेडी हो चुका है हमने गोल कर चुके हैं इसे अब इसमें लगाएंगे गार्निश के लिए आपका का चुके स्लाइस काजू लगा दिया हमने इस पर इस टाइप के हम बनाएंगे इसे आप लगाना चाहें लगा सकते हैं इसमें आपका हरा भरा कबाब चल सकता आराम से कोई जरूरी नहीं है ये तो हमने काजू लगा चुके हैं हमारा तेल गर्म हो चुका है अब इसमें डालेंगे हम आपके हरा भरा कबाब हमारा गरम होने के बाद हम इसे धीमी आचरण कर देंगे और इस टाइप के आपके हरा भरा कबाब ट्राई होके निकल जाएंगे एंड हमने इसकी प्लेटिंग रेडी करी थी प्लेटिंग रेडी करी थी आप प्लेटिंग करने के बाद देखिए हमें मेन सॉस कैसे बनाते हैं और किसे किस बनाते हैं वो हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो पे दिखा देंगे आपको जो आपकी हरी चटनी है कैसे बनती है ये हमारा अगर आपको ऐसी ही नई नई रेसिपी सीखनी है तो प्लीज सपोर्ट करिए लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए